हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक सो गाइस आज हम जा रहे हैं वन नेशन वन राइड काफ़ी सारे ग्रुप राइडर्स आने वाले अराउंड 125 ग्रुप राइडर्स हैं ठीक है और ऑलमोस्ट अपनी बाइक भी रेडी है फॉर अ राइडिंग ठीक है तो अब चलो चलते हैं मिलते हैं ग्रुप के साथ दोस्तों so गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल के पास और ऑलमोस्ट काफी सारे यहां पे राइडर्स आ चुके हैं और जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सारी बाइक्स हैं ठीक है और काफी सारे आ चुके हैं अभी और थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं देखते हैं क्या कुछ है और फिर गया। गया। गया। ये मेरा ब्रदर ऋतिक है, है हम इसे अभी सारे बाइकर्स करें और अभी हम कुछ देर में निकलने वाले हैं। जोलैंड मैं गुड़गाव बाइकर दीक्ष पहले रामेटा लेट हो गया जा सुन मेरी बात चलाया आगे और फॉर्मेशन लगेगी एक अंदर दो ना दो लगेगी एक इस के उधर है इधर बस ठीक है सब आगे सब आगे तो गाइस फाइनली हम मुख चौक पहुंच गए हैं और ये अपना भाई बाइक राज है ठीक है और काफ़ी सारी यहाँ पे गाइस बाइक लगी हुई हैं और जहाँ तक देखोगे वहाँ दूर दूर तक बाइक ले हैं ऑलमोस्ट टू थाउजेंड के आस पास पहुँच तो, तो काफ़ी सही है और मज़े भी आ रहे हैं यार, तो चलो मिलते हैं राइड I care